मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का कार्यक्रम परासिया में संपन्न हुआ था इस विवाह कार्यक्रम को लेकर फर्जीवाड़े की खबरें सामने आने लगी हैं। भाजपा नेताओं ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है अक्सर सरकारी योजनाओं को लेकर फर्जीवाड़े सामने आते हैं ऐसा ही मामला है कन्या विवाह एवं निकाय योजना काड़े का की खबरें सामने आई है दरअसल जाटा के एक युवक का पहले ही विवाह हो चुका था मगर कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए इसने फर्जी तरीके से पंजीयन कराया और अनुचित तरीके से लाभ भी उठाया जानकारी लगने के बाद भाजपा पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया व जिला जनपद सदस्य अरुण यदुवंशी ने इस मामले में फर्जीवाड़े के आरोप लगाए हैं और दोनों भाजपा नेताओं ने इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। किए उसमे ग्राम पंचायत के अंतर्गत शिवानी पति अजय वर्मा जो पूर्व से ही थे, इन लोगों ने आर्थिक लाभ लेने के लिए कन्यादान विभाग में अपना पेंशन कराया फर्जी दफ्तर और उन्होंने वहां गुहा कराया और शास्त्र योजना लाभ दिया संज्ञान में ये बात भी आई है कि शिवानी पूर्व गर्भवती हुई थी और बाद में चिकित्सालय में जाकर एन के माध्यम से उन्हें स्वास्थ्य लाभ लिया और उसे गर्भपात भी किया गया ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि अजय वर्मा जो एन का अधिकारी और कांग्रेस का कार्यकर्ता है सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार का जो किया इससे भारतीय पार्टी इसकी निंदा करती है और जिला पंचायत सदस्य ने क्षेत्र बात उठाई है इसका भारतीय जनता समर्थन करते शासन से मांग करते हैं इस प्रकार का करना होना चाहिए ताकि भविष्य में जो गरीब परिवार की योजना बनी है या जो भी परिवार से विभाग रहता है उसकी योजना से वो वंच न रह सके और इस प्रकार दोबारा कोई घटना कन्ना हो इसके लिए संबंधी की जाए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जो है जो मैंने बताया कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई और मेरे कार्यकर्ताओं ने जो मेरी जानकारी एकत्रित की उसमें शिवानी अजय वर्मा जो है एक जोड़ा ऐसा था जो पूर्व से दो हज़ार से विवाहित होते हुए पति पत्नी के रूप में दर्ज था